अरे छोड़ ते नू ना सोचे मैडम यार तेरी यादा में बैठ के पीवेंगे आस की बात जिन्हें छोड़ के अपने भाइया के लिए सारी जिंदगी जीवेंगे जय बाबा की